नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा उद्यम जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति जिसमें कहा गया है उद्यम लगाने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा यह लोन केवल बिहार के मूल निवासी को मिलेगा यानी चार नई उद्यमी योजना में 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें ये सभी वितरित किए जाएँगे तो चलिए सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इससे संबंधित वीडियो आप तक सीधे पहुंचे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं चार नई योजनाओं में आठ सौ करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं नई उद्यमी योजना में इस साल आठ हज़ार को मिलेगा दस दस लाख का कर्ज यानी चार नई उद्यमी योजना है नई उद्यमी योजना में इस साल आठ को मिलेगा दस दस लाख का कर्ज यहाँ देख सकते हैं उद्योग विभाग चार विशेष नई उद्यमी योजनाओं में आठ हज़ार लोगों को दस दस लाख रुपए का कर्ज देगा इन योजनाओं में विशेष रूप से सिर्फ बिहार के युवा महिला और कमज़ोर वर्ग के लोगों को लोन दिया जाएगा इन लोगों के लिए इन चार योजनाओं के लिए आठ सौ रुपये आठ सौ करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं जानकारी के मुताबिक इन योजनाओं में मंजूरी के लिए एक जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे लिए जाएंगे इसके लिए जल्दी ही टाइम शेड्यूल प्रत्येक योजना में 2000 लोगों को उद्यम स्थापना या रोजगार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा एक जून से लॉन्च की जा रही चार योजना मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला उद्यमी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शामिल हैं यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर इन सभी को लोन दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शामिल आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये समूची योजनाएं बैंकों से संबंधित नहीं होंगी यानी इन योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार स्टार्टअप फ़ंड ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह यो जो योजना है बैंक से रिलेटेड नहीं होगी या बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा इसमें लोन लेने के लिए किसी तरह की प्रतिभूति या ग्रांटी की जरूरत नहीं होगी ये विशेष प्रोत्साहन योजनाएं केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए होंगी अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी समिति तय करेगी कि उद्यमी को संबंधित कार्य या उद्यम के लिए कितना लोन दिया जाए प्रत्येक योजना में यहां तय किया जाएगा अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी समिति तय करेगी कि उद्यमी को संबंधित कार्य या उद्यम के लिए कितना लोन दिया जाएगा यानी वो जो बनी है ट्रस्ट समिति जो बनी है वो निर्धारित करेगी कि आपको कितना लोन दिया जाए प्रत्येक जिला में जिलों की आबादी के अनुपात में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं देख सकते हैं यहाँ पे इन योजनाओं में विशेष रूप से सिर्फ बिहार के युवा महिला और कमजोर वर्ग को लिए दिया जाएगा लोन इसमें लोन लेकिन ले किसी तरह की प्रतिभूति या गारंटी की जरूरत नहीं होगी यानी तय किया जाएगा कि आपको कितना लोन दिया जाए और इसमें किसी प्रकार की गारंटी या प्रतिभूति के लिए जरूरत नहीं होगी यहाँ देख सकते हैं एक जून से आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे लॉकडाउन रहे या न रहे इन चारों योजनाओं में एक जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सभी चारों योजनाओं के लिए दो दो सौ करोड़ करोड़ का बीत प्रबंध कर लिया गया है उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं का फ़ायदा लोग उठाएंगे इन योजनाओं में आसान तरीके से उद्यमशीलता के लिए न केवल पैसा मिलेगा बल्कि ट्रेनिंग आदि भी दी जाएगी यहाँ देख सकते हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं उद्योग विभाग के ब्रिजेश मेहरोत्रा इनका स्टेटमेंट है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जाएगी बिहार में जो भी रोजगार के लिए प्रेरित हैं उनको चाह वो चाहते हैं कि रोजगार ही हम करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुअसर है जो एक जून से आवेदन भर सकते हैं धन्यवाद